चार सितंबर दिन बुधवार विक्रम शक सौ इकतालीस और शुक्ल पक्ष भादो मास की षष्टी तिथि रहेगी दर्शकों इक्कीस बजकर पैतालीस मिनट तक की इसके उपरांत सप्तमी तिथि लग जाएगी नक्षत्र रहेगा स्वाति इसके उपरांत विशाखा नक्षत्र रहेगा योग रहेगा इंद्र इसके उपरांत वैधि योग रहेगा करल जो रहेगा प्रथम करल रहेगा कौलव उसके उपरांत मध्य का कल जो है जो करल आएगा ये आएगा तैतिल और अंतिम करल जो रहेगा ये गढ़ करण रहेगा चंद्रदेव रात में बाईस बजकर 15 मिनट तक की तुला राशि में विराजमान रहेंगे तद उपरांत अपने नीचस्थ राशि वृश्चिक राशि में आएंगे बुधवार दिन उत्तर दिशा की ओर दिशा और यदि आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो प्रयास ये करिएगा कि पहले आप दक्षिण दिशा की ओर आपको चार कदम चलना है उसके उपरांत आपको फिर उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी है तिल से बनी हुई कोई वस्तुओं का आप सेवन कर सकते हैं धनिए से बनी हुई किसी जो है किन किन्हीं वस्तुओं का आप सेवन कर सकते हैं आप इलायची का सेवन करके इस जो है दिशा के दोष को दूर कर सकते हैं दर्शकों सूर्योदय सूर्यास्त की बात कर लेते हैं और चूंकि पंचांग हम आपको बताना चाहते हैं लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तो सूर्योदय होगा प्रातः पांच बजकर इक्यावन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर बीस मिनट पर राहुकाल का भी समय आपको बता देते हैं क्योंकि राहु काल में देखिए दर्शकों शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए तो राहुकाल का समय रहेगा दोपहर तो बारह से एक तक का अब आप पूछेंगे कि हम शुभ कार्यों को किस मुहूर्त में करें तो प्रयास ये करिएगा कि आज काल रहेगा शाम को सात बजकर सैंतीस मिनट से नौ बजकर दस मिनट तक का रहेगा और प्रातःकाल सर्वार्थ सिद्धि योग भी देखिए है चार बजकर आठ मिनट से लेकर के पांच बजकर इक्यावन मिनट तक की फिर भी यदि इसमें आप अगर कार्य नहीं कर पाते हैं तो विजय मुहूर्त में करिएगा दोपहर का समय है दो बजकर दस मिनट से तीन बजे का जो समय रहेगा यह विजय मुहूर्त का समय रहेगा दर्शकों हमने आपको पूर्व में भी देखिए बताया था कि षठी तिथि को क्या करना चाहिए सप्तमी तिथि को क्या तो ष्ठी तिथि को तेल कर्म का सेवन जो है ये अपने शरीर पर नहीं करना चाहिए और जो सप्तमी थी रहेगी सप्तमी तिथि के दिन आपको आंवले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है आंवले के सेवन की मनाही होती है इस चीजों का आप यदि ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी दोष नहीं पड़ेगा क्या कहते हैं हमारे मेष से लेकर के मीन राशियों का हाल इस पर चलते हैं और दर्शकों आज हम बताते हैं कि मेष राशि के लिए शुभ कलर क्या है शुभ अंक क्या है भाग्यशाली उपाय क्या रहेगा कौन सी दिशा में यात्रा करें तो इनके लिए शुभ रहेगा या अपने कार्यों का प्रयास उस दिशा की ओर करें तो सार्थक रहे तो मेस राशि के जातकों आज अपने सीनियर्स के प्रति अच्छा व्यवहार बनाए रखने में ही आपकी भलाई है मेस राशि के जातक हैं और यदि आप छात्र हैं तो आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है माता पिता के साथ आज आपके संबंध बड़े मधुर रहेंगे बिजनेस में कोई बहुत बड़ा ऑफर मिलने से आज अचानक से धन लाभ होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी मेष राशि के जातक हैं अगर अविवाहित हैं तो आज विवाह में के बंधन में बंधने के लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है आज आपका जीवन साथी आपको कोई सरप्राइज दे सकता है आज दूसरों के सामने अपनी बातों को स्पष्ट और साफ ढंग से यदि आप रखते हैं तो इसी में आपकी भलाई रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए गायत्री मंत्र का एक बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम वृषभ राशि के जात को आगे बढ़े लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे कि दिनांक 14 और 15 सितंबर को नई दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी एनसीआर रीजन से हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि पंडित जी कब दिल्ली आएँ तो दिल्ली आगमन हो रहा है आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और उम्मीद करते हैं दर्शकों वार्षिक राशिफल हमने दो का अभी से डाल दिया है तो आप लोग उसको देखिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए दर्शकों एक छोटा सा आप लोगों को टारगेट दे जो है दे रहे हैं आज कम से कम एक हज़ार लाइक हमारे इस जो है राशिफल के जो है वीडियो पर आए तो बहुत आप लोगों की मेहरबानी रहेगी वृषभ राशि के जातकों आज आपको उम्मीद के मुताबिक धन प्राप्त होगा वृषभ राशि के जातक हैं तो नौकरी पेशा लोगों को आज विशेष सफलता हासिल होती हुई दिखाई दे रही है ऑफिस में किसी बड़े अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा वृषभ राशि के व्यापारियों को आय के नए स्रोत मिलेगे मन मुताबिक कोई काम पूरा होने से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा दिन भर आज खुद को आप लोग तरोताजा महसूस करेंगे आज आपकी सकारात्मक सोच के कारण आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है छोटी छोटी बातों में आज आपको खुशी तलाशने का अवसर प्राप्त होगा कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन ओम गंग गणपत नमा मंत्र का 108 बार जाप करिएगा आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा स्काई ब्लू कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा छह और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूरब दिशा हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जात को आज आपकी सेहत कुछ पहले से जो है जो उतार चढ़ाव चला आ रहा था तो ठीक होती हुई दिखाई दे रही कैरियर में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही वरिष्ठ अधिकारियों से आज सहयोग प्राप्त होगा व्यवसाय के सिलसिले में विदेशों की यात्राएं करनी पड़ सकती है परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी जिससे मन आज आपका बड़ा खुश होगा नई तकनीकी को यदि आप अपना करके अपने कार्य में लाते हैं तो इससे आपकी प्रशंसा होगी आज यदि आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं आज का दिन आ, व्यक्तिगत संबंधों को जो है कुछ अगर जो है अनबन चल रही है तो इसको भुला करके आगे बढ़, बढ़ना चाहिए आप लोगों को उपाय के तौर पर कोशिश कीजिएगा कि ब्राह्मणों को कुछ मीठा भोजन यदि आप कराते हैं तो दिन आपका अच्छा रहेगा और यदि सुहागिन स्त्रियाँ मिले तो उनको हरे रंग की आज चूड़ी का दान जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा लेकिन दिशाशूल का प्रयोग आप लोग जरूर करिएगा कर्क राशि के जात पूर्व में हमने देखिए दिशा सूल के बारे में बताया है यदि आपने वीडियो भगा दिया है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा बैकवर्ड करके जरूर देखिए कर्क राशि के जातकों आज आपका मन स्थिर ना होने की वजह से थोड़े से परेशान रहेंगे लेकिन शाम तक आज आप अपने आप को कुछ बेहतर महसूस करते हुए पाएंगे कोई बहुत बड़ा फैसला लेने में आज आपको परेशानी महसूस हो सकती है तो आज आपकी जो कोशिशें रहेंगी अपने कार्यक्षेत्र में आप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और आज समय कुछ ज़्यादा लगेगा आपके अचीवमेंट को हासिल करने के लिए ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है ऐसी स्थितियों से आपको बचना चाहिए सेहत के प्रति सतर्क रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं डॉक्टर का उचित चिकित्सीय परामर्श आपको लेना पड़ेगा किसी सामाजिक आयोजन में आज आपकी भागीदारी हो सकती है उपाय के तौर पर कोशिश कीजिएगा कि दुर्गा जी के सामने आज देसी घी का दीपक जलाइए और दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी नॉर्थ ईस्ट पूर्व उत्तर सिंह राशि ग्रहों के राजा सूर्य की राशि तो सिंह राशि के जातकों आज काम का बोझ आप पर बहुत अधिक पड़ेगा इस कारण आप परेशान रहेंगे कैरियर के मामले में चीजें बेहतर होने के आसार हैं परिवार वालों के साथ किसी बात पर थोड़ी बहुत बहस हो सकती है आवश्यकता पड़ने पर आज आप अपनी बात आगे रखिएगा आपकी बात भी सुनी जाएगी जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी आज मन में कुछ चिंता रहेगी आज आप झूठी तारीफों के कारण उलझन में पड़ सकते हैं आपको काम के कुछ नए मौके तलाशने की जरूरत है मेहनत का रिजल्ट पाने के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़ सकती है आज करना क्या रहेगा तो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण कन्या राशि के जात को कैसा रहेगा आज का दिन तो पैसों से जुड़े मामले में आज आसानी से सुलझता हुआ दिन दिखाई पड़ रहा है आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा किसी दोस्त के सकारात्मक प्रभाव से आज आपके स्वभाव में कुछ चेंज आएगा आज आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में सफल रहेंगे आप अपना कुछ समय अपनी कला को निखारने में कुछ दे सकते हैं जो कोई जो है फिल्मी लाइन से जुड़ा है बॉलीवुड से जुड़ा है अभिनय के क्षेत्र में जुड़ा है उनको आज कोई अचीवमेंट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसका आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा परिवार की ओर से आज आपको पूर्ण समर्थन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है उपाय के के के तौर पर पर दुर्गा सप्तशती सिद्ध कुंजी का का साथ साथ प्रथम अध्याय पाठ बेहद लाभकारी रहेगा। कुछ देर धर्म स्थान भी बैठिए जिससे आपका मन शांत रहेगा आपके लिए शुभ कलर जो रहेगा ये रहेगा ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ और शुभ दिशा रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा तुला राशि लिब्रा लिब्रा राशि के जात आज आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के तमाम अवसर प्राप्त हो सकते हैं बेरोजगार लोगों को कोई को रोजगार प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है ऑफ़िस में आप किसी तरीके की राजनीति में भी उलझ सकते हैं जिससे आपका कुछ समय और आज आपकी कुछ ऊर्जा भी बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है घर में नए मेहमान के आने की संभावना है जिससे मन आपका बड़ा प्रफुल्लित होगा ऑफिस में काम की अधिकता थोड़ी ज़्यादा रहेगी दोस्तों के साथ समय आज आप अच्छा बिताते हुए नजर आएंगे और किसी गुढ़ विषय पर आप लोग चर्चा कर सकते हैं करना क्या रहेगा तो आज गणेश जी को आपको रहेगा हल्दी में, पिसी हल्दी में में जल, जल डाल करके दुर्बा आप डिप कर लीजिए और इक्कीस दुर्बा ओम गंगा मंत्र से आप लोग चढ़ाइए देखिए आपको भाग्य का कितना अच्छा साथ मिलेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण वृश्चिक राशि तरक्की के नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे शाम तक कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही पारिवारिक जीवन आज आपका खुशहाल बना रहेगा आज माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं स्वास्थ्य पहले से आज आपका बेहतर रहेगा आज आसपास के लोगों से आपको सहानुभूति बनाए रखनी है और यदि वृश्चिक राशि के जा रहे वृश्चिक राशि के यदि आप छात्र हैं और कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता हासिल होती हुई नज़र आएगी आज आप कई नए तरीके काम करेंगे मल्टीटास्किंग में नज़र आएंगे आपकी कोशिशें सफल आएँगे जो है सफल रहेंगी सूर्य देव को जल अर्पित करिए और जीवन में दूसरों का जो है आपको सहयोग करते रहना है सूर्यदेव को जल देने के बाद आदित्य हृदय स्रोत का एक पाठ आप लोग जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा सेफ्रॉन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूरब दिशा धनु राशि तो आज आपका दिन कुछ खास और नया लेकर के आने वाला है घर परिवार का वातावरण बहुत खुशनुमा रहेगा कुछ जरूरी काम थोड़ी सी मेहनत करने से ही पूर्ण होंगे आज लपेट को कोई उपहार दे सकते हैं इससे आपके रिश्तों में नयापन आएगा इस राशि के जो है जो छत्राएँ हैं उनको कोई खुशखबरी मिल सकती है खास करके मेडिकल टर्म से जुड़ी हुई छात्राओं के साथ और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी आपके सुख साधनों में भी बढ़ोतरी होगी गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण मकर राशि पर आगे बढ़े दर्शकों प्लीज़ देखिए 1000 लाइक का हमने टारगेट दिया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और दिल्ली में यदि मिलना चाहते हैं चौदह पंद्रह सितंबर को तो आप लोग नई दिल्ली में हमसे मिल सकते हैं अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए तो मकर राशि के जात को आप लोग वार्षिक राशिफल भी देखिए देख लीजिए आप लोगों का डाल दिए हैं तो मकर राशि के जात को आपके दांपत्य संबंधों के बीच कुछ दूरियां खत्म होती हुई नजर आएगी साथ ही रिश्तों में मधुरता आएगी लेकिन बिजनेस की किसी बात को लेकर के आज आप परेशान हो सकते हैं किसी काम से आज आपको सरकारी दफ्तर में भाग करनी पड़ सकती है काम पूरा होने में आपको समय लगेगा उधार लेन से आज आपको बचना चाहिए किसी को कैश में आज आपको कोई धन नहीं देना है कामकाज की व्यस्तता में आज आपको खाना पीना जो है इसका ध्यान रखना पड़ेगा हेल्दी uh, फूड का आप लोग सेवन करिए जंक फूड से आपको बचना पड़ेगा कोशिश कीजिएगा कि आज शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ा करके ओम नमः शिवाय का एक बार जाप करिए और यदि हो सके तो हरे रंग के कपड़ों का धर्म स्थान पर आम दीजिए शुभ कलर भी आज आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम एक्वायर्स कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन तो कुंभ राशि के जातकों के मामलों में आपको कुछ बड़ी सफलता हासिल होती हुई नजर आएगी कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ के तमाम नए अवसर प्राप्त होंगे आज आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपकी हर तरीके से मदद के लिए तैयार रहेंगे आपके सगे संबंधे सगे संबंधी आर्थिक रूप से आज आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे बिजनेस को आज आप बेहतर बना सकते हैं कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा साथ ही के सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा आपका कोई जरूरी कार्य पूर्ण होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा पांच नंबर शुभ दिशा आपके लिए रहेगी यह रहेगी उत्तर अंतिम राशि पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील है कि यदि आप नए हैं और पुराने भी हैं और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचे बेल आइकन जरूर दबाइए और दर्शकों चलते हैं मीन राशि पर उम्मीद करते हैं कि आप लोग आर्थिक राशिफल जरूर देख रहे होंगे तो मीन राशि के जातकों आज आपको लाभ के कुछ अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे मीन राशि के जातक यदि आज आप बेरोजगार हैं तो रोजगार का कोई सुनहरा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के बल पर बेहतर परिणाम हासिल होंगे साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ अनुभवी लोगों से सलाह भी आज प्राप्त होती हुई नजर आएगी आज आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, यात्राओं का लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा दांपत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी कोई खास बात आज आपको वो जो है पता चल सकती है अपने जीवन साथी मतलब पार्टनर की जुड़ी हुई कोई राज की बात आज कोशिश कीजिएगा कि धर्म स्थान पर साफ़ सफाई करिएगा और यदि किन्नर मिल जाए तो उनको कुछ मीठा जरूर खिलाइए यदि नहीं मिलते हैं तो किसी महिला को आप लोग मीठा खिला दीजिए या छोटी कन्या जो होती हैं इनको भी आप खिला सकते हैं तो इससे आपका भाग्य मजबूत होगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व उत्तर नॉर्थ ईस्ट ये तो था हमारा देखिए दर्शकों मेज से लेकर के मीन राशि का हाल उम्मीद करते हैं दर्शकों कि आप हमारे इस चैनल को पसंद कर रहे होंगे हमारे इस वीडियो को आप लोग जमकर शेयर करते होंगे हमारे इस वीडियो पर लाइक भी देके आप लोग बढ़ा रहे हैं इसके लिए आपका आभार और तमाम वीडियो जो है वास्तु से रिलेटेड हमने डाली हुई है हमारे चैनल पर जाइए चैनल के वीडियो में भी जा सकते हैं प्ले में भी जा कर आप लोग देख सकते हैं और वार्षिक राशिफल दो हज़ार से लेकर के मीन राशियों का सभी राशियों का लगभग डाल दिए हैं आप लोग जा कर के ज़रूर देखिए लाभान्वित होइए आनंदित होइए दीजिए इजाजत मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार